सो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आईयोप अच्छी होंगे मैं केपीसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों ये है सेक्टर बासठ का गोल चक्कर और आपको ये गोल चक्कर देख के कैसा लग रहा है बहुत सुंदर ये गोल चक्कर है यहाँ पर और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सेक्टर बासठ से लेकर और सेक्टर 18 का मार्केट आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में तो बने रहो वीडियो के एंड तक और देखने के लिए मिलेगा आप सभी को बहुत कुछ गई एक्सपो देख सकते हो ये तस्वीरें पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो कुछ ये सीन है यहाँ का और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस ये वाला और यहाँ से हम घूम जाते हैं और यहाँ से ये यह मुड़ जाता है देख सकते हो तस्वीर है ये तस्वीरें है और देखो ये लिखा हुआ है नोएडा बड़े बड़े अक्षरों में गई और यहां से लेकर चलने वाला हूं आज मैं आपको सेक्टर अट्ठारह देखो कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ की और ये है ब्लू लाइन यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीर कुछ ऐसा है नोएडा सिटी जो कि आपका रूट सब आपको रूट दिखाते हैं सेक्टर 18 तक का यहाँ से चलेंगे सीधे सीधे और कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आज इस वीडियो में और यहां से चल के आपको सेक्टर 18 का मार्केट भी दिखाएंगे देखो इस रूट पे कितना स्लो डाउन रहता है वो आज आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की जो बिजी रोड है वो सबसे ज़्यादा यही है दोस्तों क्योंकि यह सीधा ग्रेटर नोएडा में जाकर निकलती है तो इस वजह से इस रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है क्योंकि तो इस एरिए में सबसे ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो आप लोगों को मिलेंगी इसी रूट पर इसी एरिए के अंदर अंदर आपको बता दूँ सेक्टर बासठ सेक्टर तिरसठ सेक्टर चौसठ सेक्टर पैंसठ पर ये यू टर्न इस वजह से यहाँ पर जाम रहता पहले आप लोग देख सकते हो इधर साइडों में ये जो शौचालय है निःशुल्क शौचालय ये पहले नहीं हुआ करता और ये आ जाता है सेक्टर बासठ का मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन ये देख सकते हैं सेक्टर बासठ इधर ये रोड चौड़ी की जा रही है क्योंकि यहाँ पर यू टर्न रहा था यू टर्न इन्होंने बंद कर दिया है तो इसी वजह से यहाँ पर ये रोड को चौड़ी किया जा रहा है दोस्तों पर ये यहाँ पर आ जाता है मेट्रो स्टेशन सेक्टर उनसठ नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया और इसको क्रॉस करने के बाद में दोस्तों ये आ जाता है अंडरपास दोस्तों ये अंडरपास है देख सकते हो दोनों तरफ ये पेंटिंग बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे पेंटिंग बनाई जा, बनाई जा रही है दोनों साइडों में यही तक हमें राइट में जाना है दोस्तों सेक्टर 18 के लिए और चौथा मेट्रो स्टेशन ये जा आ चुका है सेक्टर इकसठ नोएडा ये सेक्टर इस इकसठ का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों नोएडा का और हम आगे से लेंगे यू टर्न क्योंकि हमें चलना है सेक्टर 18 के लिए तो वहां के भी आपको मार्केट आज एक्सप्लेन करते हैं ये बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा जाकर निकलेगा तो यहाँ से हम हो जाते हैं यू सेक्टर अठारह सेक्टर 24 सेक्टर अट्ठाईस इकतीस 33 तिरपन इकसठ छियासठ इधर ही हम चलेंगे यहाँ से हो जाएंगे लेफ्ट में दोस्तों तो इसी वजह से इन्होंने ये यहाँ पर अंडरपास दिया है दोस्तों क्योंकि इसको सही तरह से क्रॉस कर सके और ये निकलेगा जाके आपको बता दू गौर चौक पे दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को मैं रूट समझा दे रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है बाहर से आ रहे हैं आपको सेक्टर बासठ से और आपको जाना है अगर नोएडा सेक्टर 18 के लिए तो ये रूट सबसे अच्छा है सबसे बेस्ट रूट है दोस्तों तो आप आप लोग इस वीडियो को फॉलो फॉलो करना और करके आप आराम से सेक्टर 18 के लिए जा सकते हैं दोस्तों कोई झंझट नहीं होगा और देख सकते हैं यहाँ से हम इस पर बीच में आ जाते हैं ये यहाँ से हम ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ के ये आपको बता दू ये देख सकते हो सेक्टर 18 यमुना एक्सप्रेस वे ये सीधा निकल जाता है डी एन डी नोएडा सिटी सेंटर यह सीधे इस रूट पर हम निकल सकते हैं और आपको बता दू जो फ्लाइवर आने वाला है दोस्तों ये करीब करीब आपका होगा 10 किलोमीटर का फ्लाईवर है और इस फ्लाइवर पर महाराजा अगर भवन और इधर है ये एन देखो दोस्तों ये है एन इधर की साइड में और ये है महाराजा अग्रतैन ये देखो ये रूट आपको रास्ते में पड़ेंगे सेक्टर 18 के और बहुत थोड़ी थोड़ी सी जो बिल्डिंग चमक रही है वो सेक्टर 18 के अंदर ही है दोस्तों और देख सकते हो इधर है ये नोएडा सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन ये देखो हॉस्पिटल भी है यह सरकारी हॉस्पिटल है देख सकते हो तस्वीरें तस्वीर या तो ये लेफ्ट में है दोस्तों एक देख सक, देख सकते हो ये बोटेकल गार्डन के लिए चला जाता है बिल्कुल सीधा सीधा गार्डन के लिए चला जाएगा इधर से। बिल्कुल सीधा सीधा अगर हम जाते हैं तो बॉटेनिकल गार्डन आ जाएगा दोस्तों तो उससे पहले ही हमें यूटल लेना है सेक्टर 18 को जाने के लिए तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं डीएनडी फ्लाईवे देखो डीएनडी फ्लाईवे इतना यू टर्न दिखा रहा है अट्टा मार्केट के लिए यू टर्न दिखा रहा है और यहां से हम यू टर्न ले लेते हैं गाइस और जैसे ही हम यू टर्न लेंगे वैसे ही सेक्टर 18 का मार्केट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यानी कि अट्टा मार्केट जिसे बोला जाता है पर ये ब्लू लाइन जा रही है और ये ब्लू लाइन देख सकते हो ये मयूर बिहार होते हुए मयूर बिहार फर्स्ट मयूर पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पड़ेंगे ये मयूर बिहार और सीधा चला जाएगा पर ये है द ग्रेट इंडिया पैलेस दोस्तों ये वाला ये द्रेट इंडिया पैलेस इसमें लिखा भी होगा चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देखो ये गेट है ग्रेट इंडिया पैलेस ये यहा पे और देख सकते हो ये सारा रूट जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो आप लोग और वो वहां पर है सिटी सिटी वो सिटी आप लोगों को दिखाई देगा तो आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं सेक्टर 18 का मार्केट यानी कि अट्टा मार्केट भी इसको बोला जाता है भाई अब यहाँ से अगर हम राइट में लेफ्ट में जाते हैं दोस्तों तो ग्रेटर नोएडा के ये कालिंद्री कुंज के लिए इधर से निकल जाएंगे हम इधर से निकल जाएंगे और मेरे लेफ्ट वाला देख सकते हो ये मेरा लेफ्ट हैंड वाला है डेब नोएडा सेक्टर 18 में आप सभी का स्वागत है पर यहाँ तक ये देख सकते हो ये सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों डेब नोएडा सेक्टर 18 तस्वीर आप लोग देख सकते हो और यहाँ से आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अब आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये पूरा मार्केट है सेक्टर 18 का दोनों साइडों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग देख सकते हो काफी लंबा चौड़ा मार्केट है यहाँ का बहुत बड़ा जो मार्केट है दोस्तों वो है पूरा मार्केट यहाँ सेक्टर अट्ठारह का देख सकते हो इधर आपको जिधर भी आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही आपको खाने पीने का फूड से रिलेटेड सारी शॉप्स आप लोगों को रेस्टोरेंट सारे में ही देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए दोस्तों देख सकते हो दोनों साइडों में ही ये मार्केट है जिधर आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही और ये इधर मेरा वेब सिटीज मैं ये पूरा मार्केट है सेक्टर 18 का अट्टा मार्केट जैसे बोलते हैं हम देखो दोस्तों कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का ये अट्टा मार्केट का इधर भी है ये मैकडोनल्ड देख सकते हो आप लोग तस्वीर में आपको मार्केट ही नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा देखो वो सामने लिखा है बैग तो काफी लंबा चौड़ा मार्केट है ये दोस्तों काफी लंबा चौड़ा मार्केट है काफी बड़ा मार्केट है देख सकते हैं आप लोग तस्वीर देखो ये क्या कौन सी गाड़ी है चूहे मारे की तरह गाड़ी है दोस्तों। ये यहां से नोएडा वेब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाते हैं देखो यह है नोएडा बेब जिसे बोलते हैं नोएडा बेब काफी बड़ा है दोस्तों देख सकते हो यह है, है नोएडा बेब जिसे बोलते हैं और दोनों साइडों में ही आपको मार्केट नजर आएगा दोस्तों दोनों साइडों में ही ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ का ये मार्केट दोस्तों पूरा ही है दोस्तों मार्केट देखो सेक्टर 18 का मार्केट पूरा का पूरा देखो गाड़ियां निकल रही है ये देखो सारे में ही आप लोगों को शॉप देखने के लिए मिलेंगी चलो चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को यहां पर है ये प्लेस चौकी देख सकते हैं दोस्तों कुछ ऐसा मार्केट है यहां का ये यह 18 का दोस्तों चलो इधर चलते हैं देखो अट्टा मार्केट है दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी पूरा मार्केट आप लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला आपको दिखाने वाला हूँ एंजॉय करो अट्टा मार्किट केपी संत के चैनल पर दोस्तों सारी गलिया सब कुछ आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग देख लो और ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को चलते हैं और आपको दिखाते हैं चल कैसा मार्केट है यहाँ का देख सकते हो आप लोग चारों तरफ आप लोग नजर उठाकर देखेंगे आप लोगों को मार्केट ही मार्केट नजर आएगा दोस्तों देख सकते हो सारे में ही मार्केट है यहाँ और सबसे ज्यादा तो यहाँ रेस्टोरेंट है गाइस क्योंकि सबसे ज्यादा जो पब्लिक है वो आपको बता दो सबसे ज्यादा यहाँ कपल्स आते हैं आज की डेट में ये कपल्स के लिए ही जाना जाता है अट्टा मार्केट गाइस तो इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं देख सकते हैं भाई सारा मार्केट आप लोगों को नजर आएगा किस तरीके का मार्केट है ये चलते हैं और आपको बाहर का भी दिखाते हैं कि बाहर का मार्केट कैसा है, है रास्ता नहीं हम इधर सही चलेंगे दोस्तों हम उधर से नहीं चल रहा हम इधर सही चलेंगे आप लोगों को दिखाएंगे कि उधर कुछ भी नहीं है इधर कम से कम मार्केट तो है और देखो ये बैब बन है लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं आप सभी और सामने ये मार्केट है और बहुत ही पुराना मार्किट है ये दोस्तों काफी पुराना मार्केट है यहाँ का ये तनिष्क टाटा प्रोडक्ट ये टाटा प्रोडक्ट क्या साहब हम चल रहे हैं इधर से चला आपको इधर से दिखाए एक बार चलो इधर से ही दिखा देते हैं इधर से दिखाते हैं आप लोगों को और फिर हम मेन रोड पर आ जाएंगे और मेन रोड पर आने के बाद में और फिर हम रिटर्न हो लेंगे अपने घर के लिए बस मुझे ये मार्केट दिखाना था आप सभी को देखो कुछ ये हम आ चुके हैं अट्टा मार्केट से तो बाहर निकल चुके हैं और इधर ये पार्किंग है ये पार्किंग एरिया है सारा और यहाँ से हमें चलना है किधर की साइड में दोस्तों हमें चलना है लेफ्ट ओ सॉरी हमें राइट में जाना है तो यहाँ से हम राइट ले लेते हैं और राइट में चलने के बाद में फिर आपको बाहर का भी मार्केट दिखा देते हैं कि बाहर का मार्केट कैसा है आप लोग बाहर का भी मार्केट देख लो पूरा का पूरा आज आप लोगों के इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है और मैंने लॉकडाउन से पहले आप लोगों को दिखाया था कुछ और तो कुछ आप देख लो तो यहाँ से हम चलेंगे दोस्तों राइट ब्लू हो चुकी है निकल लो दोस्तों हमने भी इंडिकेटर दे दिया है जो कि हम चलेंगे राइट में और आप लोगों को इस मेन रोड का देखने के लिए मिलेगा क्या मार्केट? देखो दोस्तों ये कुछ ऐसा मार्केट है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ हाथ में लेके कैमरे को देखो कुछ ये मार्केट है यहाँ का अट्टा मार्केट का सेक्टर 18 नोएडा बहुत ही फेमस मार्केट है यहाँ का देख सकते हो आप लोगों को कपड़े कपड़े क्लॉथ ही क्लॉथ आप लोगों को नजर आएगा दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग ऐसा मार्केट है और इधर का देख सकते हो ये मार्केट है और सामने ये देख सकते हो मेट्रो स्टेशन है वन सेक्टर अट्ठारह तो आप लोग बताना लो दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो मैं लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों के संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो ये बहुत घना मार्केट है और यहाँ पर ऐसे ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा देखो बेबन नोएडा सेक्टर 18 देखो मार्केट आप लोग यह है मार्केट का व्यू देखो कितना घना मार्केट है यहाँ देखो दोस्तों ये मेट्रो को हम क्रॉस कर चुके हैं अब इधर भी देख सकते हो इधर भी आप लोगों को यह पूरा ही मार्केट देखने के लिए मिलेगा क्लॉथ से रिलेटेड क्रॉसर रिलेटेड ये है पूरा। तस्वीर आप लोग देख सकते है। है तो इंजॉय करो इस वीडियो को जादे से जादे। तो आगे का भी देख लो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पहने का वो भी आप लोगों को दिखा देगा और ये है अंडर पास जो की इधर राइट में निकल जाएगा दोस्तों ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के लिए डी एन डी के लिए देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है तो यहाँ पर मार्केट लग रहा है ठीक है दोस्तों देखो कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का यह है मार्केट का नजारा दोस्तों ज्यादा तो कुछ नहीं है लेकिन आप लोग मार्केट देख सकते हो कितना घना मार्केट है यहाँ सेक्टर 18 का गाइस देख लो आप लोग पूरा मार्केट ये सारा सेक्टर 18 का ही मार्केट है गाइस तो वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों ठीक है कैसा लगा आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बताना ज्यादा से ज्यादा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर दो तुरंत पहला आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो चलिए बाय बाय मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाय